बुलाते बुलाते लोग से मुझे से। बुलाते लोग प्यार प्यार से से से से मुझे मुझे नाम नाम ले फिर आ गए तेरे को कहा लगता था लौटेंगे नहीं गलत तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं अपनी मर्जी से है तो फिर क्यों आई तुम मेरी जिंदगी में क्यों मुझे बदला क्यों बनाया मुझे ऐसा हैं? क्यों नहीं मुझे वो प्यार ताकि आपसे एक कह सको कि तुम किसी और की बनना चाहती हो हुँ? ध्यान है तुम्हारा वो बना रहे हो नोट्स बना रहे हम,